रुको जरा करो। <laughs> आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी जुबान बाहर आएगी आंखें बाहर आएगी थोड़ी देर यूं ही रोता रहूंगा फिर ये मेरी मां मुझे नीचे उतारेगी कान पकड़ेगी ये टीले खिलाएगी खिला के सुला देगी फिर आप चाह करते घर चले जाओगे मुझे शर्मा जी के लड़के से कंपेयर करोगे खुद अफगानी चाट के सो जाओगे तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अंधेरे में रहने की आदत लगी है तुमको सोसाइटी के डर में जीने की आदत लगी है पहले गुप्ता की सुनी, फिर वर्मा की, की, की। अब शर्मा की, पाई और और ये के के नाम पे ये तुम्हें बढ़काते हैं और तुम्हें अपने बच्चों के गले काट रहे हो काटो का ऊपर <laughs> वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसको शर्म आती होगी सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंजीनियर इंजीनियर नीचे देखा तो उनके लोहड़े लग गए आए और गए खेल खत्म क्यों जीए मालूम नहीं क्यों मरे मालूम नहीं ये बगल वाली आंटी मुझे मैगी खिलाना चाहती थी खुद लॉस में जा रही थी इसलिए मुफ्त में खिलाना चाहती थी कौन समझा उसकी बात को सब सारे मतलब ही किसे खिलाती वो मैं खा गया कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ सुपू ने यह बगल वाला हलवाई साला खुद की कढ़ाई में एक समोसा नहीं तल सकता और हमारी मैगी को बैन करने का दावा ठोकता है वो ये दावा ठोक सकता है क्योंकि उसको मालूम नहीं है मैगी के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है इसे बैन करना बिल्कुल आसान है मेरी जलेबी मेरा समोसा उसका डोसा मेरा छोला भटूरा अरे भटूरा तलना आसान है लेकिन बिना मैगी के दोस्तों के घर नाइक्स्टे करना मुश्किल है मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में तीसरी में क्यों समझा रहा हूँ मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ पागल हूँ भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से हसो हंसो खुशियां मनाओ मैगी खाकर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है कल कोई और मरेगा हमें क्या हम तो इसी तरह जिएंगे भाई जियो भाई जैसे जीना है वैसे जियो मैं हिजड़े की जिंदगी नहीं जीना चाहता ला